आप में से काफी लोगों को ये बात पता होगी जी टी फाइव में जब भी हम किसी एनपीसी को मारते हैं तो वहाँ से उसकी बॉडी कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती है लेकिन कहां ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन ये बात यहाँ तक ही नहीं खत्म होती है अगर जी टी फाइव में किसी शॉप कीपर को उसके की शॉप पे जाके मार दे फिर भी आपको उसकी शॉप नेक्स्ट डे ओपन ही मिलेगी लेकिन आरडिया में इससे बिल्कुल उल्टा है अगर आप किसी भी को उसके शॉप पे जाके मार देते हैं तो नेक्स्ट डे आपको उसकी शॉप क्लोज मिलेगी जैसे की आप सामने देख सकते हैं शॉप उसकी क्लोज है लेकिन लेकिन लेकिन आप लोगों ले ने ये तो सोचा होगा कि गलती से शॉप के ऊपर जिंदा रहेगा तो क्या होगा तो चलिए अभी भी बता देते हैं आपको देखिए अगर शॉप के ऊपर ज़िंदा गया तो आपको शॉप के कुछ इस तरह से मिलेगा